इस गांव में एक मंदिर है इस गांव का नाम इस मंदिर के नाम पर ही पड़ा है कहते हैं कि 11वीं शताब्दी में किराड़ू परमार वंश की राजधानी हुआ करती थी लेकिन आज यहां चारों और सन्नाटा पसरा हुआ है जो भी शख्स इस जगह के बारे में जानता है उसके चेहरे पर किराड़ू के नाम दहशत पसर जाती है किबंतियों में ऐसा उल्लेख है कि बाड़मेर का यह ऐतिहासिक मंदिर श्रापित है केराडू के बारे में जो किस्से कहानियां मशहूर हैं उन्हें जानने के बाद लोग हैरत में पड़ जाते हैं इस मंदिर के आसपास रहने वाले लोग इस मंदिर से जुड़े अपशकुनों और श्रापों के बारे बताते हैं ग्रामीणों के मुताबिक मंदिर के बाहर एक बड़ा सा पत्थर है दरअसल यह एक कुम्हारिन है जो कि एक ऋषि के श्राप के कारण पत्थर बन गई है इस मंदिर में शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता है सारी वास्तुकलाओं पर ताला लगा दिया जाता है जैसे ही सूरज ढलता है इंसानी शरीर को दूर कर दिया जाता है कहते हैं जो भी शाम के बाद यहाँ रुकता है वो पत्थर बन जाता है लोगों का कहना है कि यहाँ मौजूद सभी पत्थर किसी जमाने में इंसान हुआ करते थे शायद इसी डर से आज तक किसी ने कानूनी कायदों को चुनौती देने की जरूरत नहीं की उन्नीस शताब्दी में यहां भूकंप आया था जिसकी वजह से इस मंदिर को बहुत नुकसान पहुंचा कई सालों तक वीरान रहने के कारण इस मंदिर का रखरखाव नहीं हो पाया था केराड़ू में कुल पांच मंदिर हैं, जिनमें से आज सिर्फ विष्णु और सोमेश्वर का मंदिर ही सही हालत में है यहां मौजूद सभी मंदिरों में से सोमेश्वर मंदिर सबसे बड़ा है पैरानल सोसाइटी ऑफ इंडिया के मेंबर चंद्रप्रकाश ने मंदिर की गैलरी में घोष्ट मशीन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को मापने वाला एक उपकरण रखा तो पाया कि यहाँ इंसानों के अलावा भी कोई दूसरी ताकत मौजूद है मज़ेदार बात यह है कि नकारात्मक ऊर्जा के बारे में आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं सभी पैमानों पर विशेषज्ञों ने माना है कि केराड़ू मंदिर वास्तुकला का अद्भुत नमूना है और घूमने फिरने के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित है दोस्तों इसी तरह के और रहस्यमयी जगहों की वीडियो देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिया हुआ बेलाइकन भी दबा दें जिससे आपको आने वाली सारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले